दोस्तों आज फ्री फायर के एक ऐसे करेक्टर के बारे में बताऊंगा जो करेक्टर आ तो गया है और उसके स्किल भी बहुत अच्छी है लेकिन तुम लोगों ने उस करेक्टर में ध्यान नहीं दे रखा है भी। तो आज बात करूंगा, लेकिन इस करेक्टर को शायद ही कुछ बंदे यूज करते है और एक बात बता दू ये करेक्टर खास एम खास सी कस्टम के लिए बन रखा है मतलब क्लासॉड कस्टम के लिए बन रखा है मेरे भाई लोग इसकी एबिलिटी ध्यान से सुनो तुम लोग भी वो लोग क्या करेक्टर है भाई भाई जब हम लोग किसी भी एनिमी को शूट करते गोली मारते तो हमारी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी भाई फाइव परसेंट टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी और सिर्फ इतना ही नहीं हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है भाई और क्लास स्कॉड में तो कस्टम में तो एक्यूरेसी तो चाहिए और मूवमेंट स्पीड कितनी चाहिए तुम लोगों को पता है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बता देना तुम लोग डीबी करेक्टर यूज करते हो या नहीं